रोड पे एड्डो चोरी पारी से काया का शुरुआत But the thought audience... is. तो पी है मत क्या सॉरी मैडम घर को सारा I get my time. किसी को धोखा देलाकात आत्मा तू को मर जाओ Ciao e c'è di sapro l'uno this studio kusala aa naam le ko thora thori